नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों यूएस गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम व्याकरण से संबंधित विषय पर बात करेंगे व्याकरण कोई भी भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले हमें उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम उस भाषा को अच्छी तरह सीख नहीं पाते तो मैं आपके सामने एक प्रकरण लेके आया हूं आज संधि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण विषय है ये बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है छोटी परीक्षाओं में एकेडमी परीक्षा होती है उनमें भी आता है और पढ़ते परीक्षा होती है उसके अंदर भी ये आता है तो व्याकरण में संबंधित टॉपिक है संधि संधि जब हिंदी में भी आपकी संधि आती है इस संस्कृत की तरफ संधि अगर आपने अच्छी तरह समझ ली तो हिंदी में कहीं भी आप रुकोगे नहीं मेरा पूर्ण यह विश्वास है कि हिंदी में आपकी कहीं भी समस्या नहीं आएगी अगर व्याकरण संस्कृत की सीखते हो तो आप हिंदी में एकदम अच्छे नंबर ला सकते हो हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं मेरी गारंटी है कि आप संस्कृत की जो संधि सीखोगे तो हिंदी में आपकी निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे तो संधि शुरू करते हैं सबसे पहले हम संधि शब्द की बात संधि शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है धा धातु है और की तो तो हाँ दूसरा ये संधि जो शब्द है वो पुलिंग शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है ये पुलिंग शब्द है अब हम बात करेंगे संधि की परिभाषा की णियों परस्परम यद मेल न कि दो वर्णों का जहां मेल होता है उसको ही संधि कहते हैं दो वर्णों का जहां मेल होगा वहां विकार आएगा तो वहां संधि होती है पाणीजी एक दिश्चित है पानी जी उन्होंने संस्कृत अच्छा बहुत अपना अच्छा प्रभाव है इन्होंने अच्छे संस्कृत के बारे में बहुत कुछ लिखा है तो लिखा कि वर्णों का पास में निकट ही कहलाता है सहिता का मतलब होता है संधि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संधि का दूसरा नाम सहिता है तो ये तो परिभाषा हो गई ये संधि के बारे में सामान्य जानकारी हो गई अब हम बात करते हैं संधि से संबंधित संधि शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया है संधि संधि के प्रकार प्रकार के बारे में हम बात करते हैं संधि के कितने प्रकार हैं तो संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं संधि के तीन प्रकार बताए गए हैं तो पहला है अच्छ अच संधि अच्छ संधि इसको कहते हैं स्वर संधि स्वर संधि दूसरी आती है हमारे हल संधि दूसरी है हल संधि इसको कहते हैं व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि विसर्ग संधि ये दो विसर्ग के होते हैं तो अच्छी स्वर संधि हल मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग संधि तो तो ये तीन तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आज हम संधि के बारे में संधि के बारे में ही पढ़ेंगे ये मैं अगला वीडियो है उसमें देखना और हल और विसर्ग संधि सं है उसमें आपको विसर्ग सं से रूप अगर इसको लेके बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आप आपको देख नहीं पाओगे तो हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे पहले आते हैं बात करें इसको प्रकार लोग नहीं कह सकते लेकिन संधि में कौन कौन से विषय है प्रकार कह सकते हैं असंधि के नियम के बारे में बात करेंगे तो पहला है ण संधि दूसरा आपके अयादि संधि और तीसरा है गुण संधि गुण संधि चौथी है वर्दी संधि और चौथी है दीर्घ संधि दीर्घ संधि तो संधि में पहली है यण संधि अयाधि संधि गुण संधि वर्धि संधि और दीर्थ संधि ये पांच संधिया होती है तो पांच संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन इसमें इस, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ण संधि के बारे में ही बात करेंगे तो पहला टॉपिक है अपना संधि यण संधि पहला टॉपिक है ये इसका एक सूत्र है इको यण से तो जो एक प्रत्य है वो यत्य में परिवर्तन हो जाता है तो देखिए इको यं यानी कि एक, एक प्रत्ये कौन कौन से हैं इक ई उ री री और रिक ये एक प्रत्यय गलत है और ये प्रत्यय होते हैं यण में परिवर्तन हो जाते हैं यण प्रत्यय में परिवर्तन ये, ये प्रत्यय वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं य और व इसके अंदर परिवर्तन हो जाते हैं इसका क्रम है ल ये मैंने बताया था ये हिंदी में क्रम है संस्कृत में इसका क्रम है तो एक प्रत्यय है वो यण में परिवर्तन हो जाता है तो देखिए मैं आपको समझाता हूं ये आप समझाना चाहिए देखते रहे पूरा वीडियो तो एक प्रत्यय है वो एक प्रत्यार है वो यण प्रत्यार में परिवर्तन हो जाता है तो सबसे पहले है ई या ई ये, ये पहला आदमी समझ सकते ई ई या, या के बाद अगर क्या आए अच्छा, आए। अच्छा नहीं? श्वर। श्वर है अच्छ यानी स्वर कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा यह प्लस अच अच्छा हो जाएगा ये एक प्रत्यय है एक प्रत्यार है तो ये प्रत्यार में परिवर्तन हो जाता है तो ई या बड़ी ई के बाद अगर स्वर आए तो यह बन जाएगा और उसमें जो स्वर है वो लग जाएगा जैसे पहला है प्लस देखिए ई का तो ई रहेगा ये त है वो अलग हो जाएगा त और ये अ क्या बन जाएगा यह और इसके अंदर आखि मात्रा लग जाएगी ये देखो संधि यहां हो रही है इन दो वर्णों में हो रही है ये ये हो गया, गया। आखि मात्रा लग गई आदि दी ठीक है दूसरा है इति प्लस अत्र इति प्लस अत्र तो देखिए ई कद ये त है अलग हो जाएगा अ का यह बन गया और इसमें मात्रा नहीं है तो नहीं लगेगी अब एक और है यदि प्लस अपी तो इसको देखिए य का यह बन गया का पी य पी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यथ पी और दूसरा है प्रति प्लस एकम देखिए ये सब में ई प्रत्यारा प्रत्याहरा रहा है और इसमें यार्ट में परिवर्तन हो गया है प्रति प्रलंक हो जाएगा अ का का ए बन जाएगा और इसकी मात्रा लग जाएगी ये पूरा का बलतर उतर जाएगी पीछे प्रति ये एक नियम हो गया दूसरा नियम देखिए ये ई पढ़ते देखो ई लग गया सब में पीछे और ये अच अच्छा आ गया इन सब में देखो ये अच अच्छा आ रहा है और ये या, परिवर्तन हो गया है दूसरा नियम है या बड़ा उ के बाद अच अच्छा आए यानी कि कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा वह हो जाएगा और अच्छ लग जाएगा या तो स्वर की जो मात्रा है वो इसके अंदर लग जाएगी जैसे पहला है सु प्लस अगतम स है ऊ लगा हुआ देखो इसके अंदर तो स आधा हो जाएगा गलत हो जाएगा अदा क्या बन जाएगा व बन जाएगा क्योंकि व बन जाएगा ये उ, उ के बाद आया या तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा व में परिवर्तन हो जाएगा और अच की जो मात्रा है वो लग जाएगी तो आ के अंदर अ के अंदर आ के अंदर आ की मात्रा लगी है तो आ हो जाएगा ये गम का पूरा कर जाएगा पीछे गतम, गतम दूसरा है मधु प्लस अरी मधु प्लस अरी तो क्या हो जाएगा का म होगा यहां संधि होगी इन दोनों के बीच में ये ध है तो ये आधा हो जाएगा ध और का क्या बन जाएगा व और री का री रहेगा वरी क्यों क्योंकि संधि दो वर्णों के बीच में हो रही है और इन दोनों के बीच में और रही जो पहले वाले वर्ण हैं वो उनको वैसे वैसे उतार देंगे अगला है गुरु आदेश तो इसका देखिए रह आता हो जाएगा। और ये आ है इसका क्या जाएगा आ गया रने की मात्रा ये देगी जो आता हो जाएगा तो ये ऊपर चलेगा चल गुरुवार देश का देश गुरुवार देश तो यह सिंधी होगी अगला है ये बड़े ऊपरी मात्रा देख लो वधू प्लस आगमन वधु प्लस आगमन तो वधु व का तो रहेगा, संधि हो रही है, इस को हम अलग कर देंगे आता कर देंगे का क्या बन जाएगा व बन जाएगा व आ की मात्रा लग जाएगी और ये कुछ पीछ, पीछे के जो तो वर्ण है वो वापिस वैसे उत्तर वधवा तो ये संधि की संधि का आप दूसरा नियम कह सकते हैं ये दूसरा नियम हो गया एक और देखते हैं आगे जैसे रिया री के बाद री या री के बाद क्या आए अच आए तो क्या हो जाएगा र हो जाएगा और अच हो जाएगा री और री के बाद तो क्या जाएगा र हो जाएगा और अच अच्छा जाएगा लेग जैसे पेत्र प्लस ए पित्र इसमें री लगा हुआ है तो र हो जाएगा इसका तो क्या हो जाएगा रन जाते हैं त्र बन जाते हैं त्र ये हो जाएगा तो पित्र हो गया ये इसकी ये मात्रा लग जाएगी पित्रे अगला है पित्र आदेश तो क्या हो जाएगा त्रह हो गया आ की मात्रा लगी और पितृ पित्रा आदेश हो गया ये अगला है भात्र उपदेश उपदेश, जाएगा? ये उपदेशेगात्र आ गया वो क्यों यहां लग गया ये उपदेश का वैसे लिखते हैं पीछे वाला वैसे बात्र उपदेश अगला आए, है पित्र आकृति पित्र आकृति यहां संधि होगी तो हो गया ये हो जाएगा त्र और इसमें मात्रा लग जाएगी आ की और पीछे वाले वर्ण में से ही उतार देंगे पित्रा आकृति तो ये तीन नियम तो संबंध आ गया अगला चौथा नियम इसका लास्ट नियम है मैं बता देता हूं ल के बाद अगर अच आए यानी कि स्वर आए तो क्या हो जाएगा ल लच ये ल हो जाएगा और अच्छ है जो स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी जैसे ल प्लस आकृति ल ल प्लस आ तो इसका ल क्या क्या हो गया ल हो गया क्योंकि जोड़ेगा तो ये पूरा देख हो देख जाएगा आ की मात्रा लगी और करती करती दूसरा है ल प्लस लस अनुबंध लुबंध तो ल का लीरी का ल हो जाएगा क्योंकि आज जोड़ गया तो पूरा आता था याता है आज जोड़ने एक बाद ये पूरा हो जाएगा ल लू बंद ल नू बंद अगला है ली प्लस आदेश तो इसमें ल का ल हो गया इसमें आकी मात्रा लग जाएगी जो देश है वो पूरा जो पीछे वाले वर्ण है उसको पूरा लिखे लादेश तो ये हो गया लादेश और एक और देख लीजिए आप आपको तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ल प्लस आकार ली प्लस आकार सॉरी ली प्लस आकार ली का क्या हो जाएगा ल हो जाएगा आ की मात्रा लग जाएगी और कार का, का तो यहां ये संधि होगी दो वर्णों का मेल है यहां तो दो वर्णों के मेल के अंदर जो संधि कहलाती है तो जो प्लस का निशान है से पहले वाले वर्ण में और लास्ट वाले वर्ण में ये संधि होती है तो इसको ये जो मैंने बताया वो सारी इको संधि यानी एक प्रत्यय से यता है तो ये मेरा पहला प्रकरण पूरा हो रहा है ये यानी कि संधि का असंधि में संधि का असंधि में पहला टॉपिक था यण संधि तो यण संधि मैंने आपको बता दी है इको इकोर यानी कि एक प्रत्यय है वो यण में परिवर्तन हो जाए यानी कि यह र ल में क्योंकि देखो ल आ गया पहले दो तो तीन बताए थे इसमें व आ गया था यह आ गया था और ऋ आ गया, गया र तो इसलिए इसको इको यानी ये संधि कहते हैं इसलिए इसका नाम भी संधि पड़ा है तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे मेरा आईकॉन बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके इसको वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे आप में जो भी वीडियो ले वो आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पॉन्स पाए धन्यवाद